हेलो गायज आप सबको नमस्कार आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक हेल्प एस केम आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि एशबीआई में घर बैठे मोबाइल से पाँच मिनट में सेविंग अकाउंट आप कैसे ओपन कर सकते हैं वो भी बिना बैंक विदाउट ब्रांच जाए बिना तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में बिना देरी के वीडियो करते स्टार्ट सौर से पहले आपको प्ले स्टोर में जाना प्ले स्टोर के अंदर यूनो एस नामक ऐप डाउनलोड करना है डाउनलोड करने के बाद आपके पास कुछ यून ऐसा एंट्रप्रेस आएगा उसको आपको ओपन करना है ओपन करने के बाद जो भी परमिशन मांगता है उसको आपको अलाउ कर देना है अलाउ करने के बाद आपको ये नीचे ऑप्शन दिख रहा है न्यू टू एस आपको उसको प्रक्रिया करना है देन आपके पास एक नया एंटरप्रेस स्कूल का आएगा उसमें देख रहा है ऑप्शन सेविंग अकाउंट होम लोन कार लोन फिर लेंट तो हमको ओपन सेविंग अकाउंट पर क्लिक करना है देन हमारे पास एक नया इंटरफेस खुलकर आ जाएगा यहाँ पर दो ऑप्शन देख रहे हैं विदाउट ब्रांच विदाउट ब्रांच विज़िट तो विदाउट ब्रांच पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपके पास न्यू ऑप्शन आएगा यहाँ पर लिखा इस्टा प्लस सेविंग अकाउंट यानी कि इसको हमें एग्री कर लेना है फिर स्टार्ट इंटरप्रेस खुलने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके पास नया पेज ओपन होगा, यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालनी है मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डालने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है फिर आपके ई मेल और मोबाइल पर एक आएगा उसको आपको यहाँ पर फिल करना है और सिबमिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है अगर ओ नहीं आएगी तो आप वापस रिसेंट ओ पर क्लिक कर सकते हैं सबमिट करने के बाद हमारे पास एक नया पेज ओपन होगा यहाँ पर हमने हम हमसे पासवर्ड मांगा जाएगा ये पासवर्ड हम जब केवाईसी करेंगे तो हमारे लिए काम आएगा तो यहाँ पर एट चार्ट कोई भी पासवर्ड लगा देना जैसे न्यूमेरिकल नंबर या इस्माल लेटर या बिग लेटर जो भी है यहाँ पर लगाना है आठ पासवर्ड लगाना है जैसे आपको उदाहरण तौर पर बता रहा हूँ स्टेड एट आपको इस प्रकार के कोई भी पासवर्ड एक बना लेना है आठ चार आठ का बनाने के बाद आपको नीचे दिखा है री एंटर अप्लीकेशन पासवर्ड उस पर भी आप सेम पासवर्ड ये डालना है सेम पासवर्ड डालने के बाद क्लिक करने के बाद आपके सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको जो भी चॉइस है क्वेश्चन आप सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपकी कोई जानकारी आपको पता नहीं रहें और बदल जाएँ तो आप इस क्वेश्चन का उपयोग कर सकते हैं फिर ओके पे क्लिक करना है ओके पे क्लिक करने के बाद आप देन आपके पास एक नया एंट्रप आएगा से पेज खुल जाएंगे, आई एग्री टू क्लिक करके आप नेक्स्ट पे क्लिक करना है नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में आप आपका यहाँ से आधार कार्ड मांगा जाएगा तो इंटर आधार नंबर पर आपको क्लिक करना है और जो भी अपने आधार नंबर है वो वहाँ पर फिल करना है फिल करने के बाद आपको गेट ओटीपी पर क्लिक करना है जो भी आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर लिंक है उन पर ओटीपी आ जाएगा यानी कि यहां बता रहा है कि आपका ओ सक्सेसफुल सेंड कर दिया गया है जो भी ओटीपी आई है उसको यहां पर फिल करना है फिल करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपका जो भी एड्रेस आधार कार्ड के अंदर वो यहाँ पर पर्सनल डिटेल में शॉक करने लगेगा इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपका एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली फिल हो चुका है आपको स्टेट सेलेक्ट करना है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है विलेज टाउन जो भी सलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पर पेन डिटेल मांगी जाएगी आपका पेन नंबर मांगा जाएगा जो भी पेन नंबर है वो सेव करके यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके पास जो भी आपका आधार फोटो है को फ़ोटो यहाँ पर शो करने लगेगी इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन मांगी जाएगी यानी कि जो भी आप आपके पास क्वालिफिकेशन है उसको सेलेक्ट कर लेना है बट मेरिड स्टेट मांगा जाएगा आप जो भी मेरी स्टेट अनमेरिड मेरिड है उसको क्लिक कर लेना है नेक्स्ट पे क्लिक करना नेक्स्ट पे क्लिक करने।, नेक्स करने के बाद आपको यहाँ पर बर्थ तो आप अप्लाई डेनिंग आप पहले जो भी आपकी जन्म जन्म हुआ कौन से स्थान पर हुआ यहाँ पर आपको स्थान फिल करना है आप मिडिल नेम फर्स्ट मदर नेम का फर्स्ट नेम लास्ट नेम और मिडिल नेम आपको टाइप करना है टाइप करने के बाद आपको आई डिक्लेरड माय कंट्री यानी चेक बॉक्स ऊपर राइट का क्लिक मारना है राइट का क्लिक करने के बाद आपको यहां पर नेक्स्ट ऑप्शन दिख रहा है नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद देन आपके पास एक नैन टपेज खुल का आएगा यहां पर आपकी एडिशनल डिटेल यानी ओकेशन क्या आपका वो मांगा जाएगा तो आप बिजनेस मैन जो भी है कर सिलेक्ट कर लेना आपकी है आपकी एनुअल इनकम क्या सालाना दो लाख तीन लाख आप जो भी है वहाँ पर यहाँ पर फिल कर देंगे फिल करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका कौन सा धर्म धर्म मांगेगा कौन सा कैटेगरी है कैटेगरी है ओ बी जो भी है यहाँ पर क्लिक करके आपको बेक आ जाना है बेक आने के बाद नॉमिनी डिटेल मांगी जाएगी जो भी आपके रिलेशन में हैं उनके आप नॉमिनी डिटेल यहाँ पर नॉमिनी बना सकते हैं जैसे नॉमिनी नेम रिलेशन क्या है बर्थ अपडेट और उनका नेम सही नेम क्या है सही एज क्या है वो आप नॉमिनी की डिटेल यहाँ पर फिल कर सकते हैं आप अपने घर में फादर मदर भाई बच्चे जो भी है उनकी नॉमिनी डिटेल फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर उनका नॉमिनी का एड्रेस मांगा जाएगा पिन कोड मांगा जाएगा सेलेक्ट स्टेट जो भी आपकी नॉमिनी की एड्रेस वो आप फिल करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके लिए यहाँ पर लेगा सेलेक्ट हो योर होम ब्रांच यानी जो भी आपके पास नीरेस्ट होम ब्रांच है एस बी की उस पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर आपको सर्च पर करना है वो होम ब्रांच आपकी शो होने लग जाएगी उसके बाद आप नेक्स्ट भी क्लिक करना है टर्म्स एंड कंडीशन जो है उनको रीड कर लेना है इनको पढ़ लेना है फिर आपको ओके पर क्लिक कर देना है रीड करने के बाद चेकबुक राइट मारने के बाद आपको नेक्स्ट भी क्लिक करना है नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ओ टी पी सक्सेसफुल सेंड यानी आपके जो मोबाइल नंबर उस पर एक फिर ओ टी पी जाएगा उस ओ टी आपको यहाँ पर फिल करना है नेक्स्ट पर क्लिक करना है नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद नेम ऑफ कार्ड यानी डेबिट कार्ड पर अपना क्या नाम रखना चाहते हैं ए कार्ड पर वो यहाँ पर फिल कर देना अगर आप वही नाम रखना चाहते हो तो ठीक है और उसके बाद आपको नेक्स्ट वी क्लिक करना है नेक्स्ट वी क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर एक नंबर शो होगा ये है बहुत इंपॉर्टेंट नंबर इसको हमें संभाल कर रखना है रखना है इसका आप स्क्रीनशॉट शॉट भी देख सकते हैं अगर इस खाते की हम सेविंग अकाउंट की वीडियो के वाइस करेंगे तो हमारे लिए बहुत काम आएगा अगर हम वीडियो के वाइस करते हैं तो हमारे लिए टोकन नंबर बहुत ज़रूरी है हमसे टोकन नंबर पूछा जाता है अगर आप वीडियो के करते हैं तो आपके पास एक खाली कागज़ पेन और आपका औरिजिनल पेन कार्ड होना ज़रूरी है इसके बाद नेक्स्ट वी क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक आपको वीडियो के वासी का शेड्यूल पुता जाएगा स्टार्ट शेड्यूलूल है वीडियो कॉल यानी आप वीडियो कॉल अभी भी वीडियो कॉल से हैं अपना वीडियो के वासी पूरा कर सकते हैं या आप अपना शेड्यूल सेट कर सकते हैं कि मैं इस तारीख को इस समय में वीडियो के वासी करना चाहता हूँ तो इस प्रकार जैसे स्टार शेड्यूल है वीडियो के बाद कॉल पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास नए इंटरव्यूट खुलकर रहेगा यहाँ पर हमको शेड्यूल स्टार्ट जान जौनरे भी क्लिक करना है स्टार्ट जान रेप भी क्लिक करने के बाद आपके पास नया इंटरवेश आएगा आपको शेड्यूल पूछ रहा आप यानी कब वीडियो के वार्षिक करना चाहते हैं तो मैं करना चाहता हूँ जैसे पाँच जून जो भी आपका टाइम वो चुन लेना है भाई तीन बजे सात बजे दस बजे उसके बाद शेड्यूल पर आपको क्लिक कर देना है इस प्रकार आप वीडियो के वार्षिक पूर्ण कर सकते हैं और इस प्रकार आप आसानी से मोबाइल से पाँच मिनट के अंदर अंदर सेविंग वक्त अकाउंट खोल सकते हैं साथ या वीडियो के वजह जिक्र सकते हैं और कुछ ही घंटों बाद अपने मोबाइल में आप आसानी से गूगल पे फोन पे या पेटीएम के द्वारा लेन देन कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें शेयर भी कर दें चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें अगर आपको कोई जानकारी समझ में नहीं आई है कोई समस्या आया तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट जरूर करें जय हिंद जय भारत